हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी चलिए फ्रेंड्स मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपनी जरोदा की यूजर आई किस तरह से वापस ला सकते हो या आप भूल गए हो तो आप किस तरह से पता कर सकते हो देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे यूजर यूजर के क्वेश्चन आए कि सर हमारे का जो, जो आईडी तो देखिये फ्रेंड्स में आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा की कि आप किस तरह से आपकी जो यूजर आई डी है उसे आप एकदम आसान और सिंपल तरीके से वापस ला सकते हो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको जो प्रोसेस बताऊंगा आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है ताकि आपको ऐसा दूसरा कोई तरीका नहीं है कि आप उस तरीके से आपकी जो यूजर आईडी उसे पता कर सके तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में बेलाइकोन को भी दबाए ताकि मेरी ऐसी नई नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते वीडियो देखिए फ्रेंड्स आपको क्रोम में जाना है क्रोम में जाने के बाद आपको यहां पर टाइप करना है सपोर्ट डॉट देखें फ्रेंड्स सपोर्ट डालने के बाद यहां पर ऊपर देखे एक वेबसाइट दिखाई दे रही है मेरे मोबाइल पर हमें उस पर क्लिक करके उसे ओपन करना है देखें फ्रेंड्स ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा यहाँ पर देखिए आपको अकाउंट ओपनिंग की यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी गई है आप ऑफलाइन खोलना चाहते हैं अकाउंट या ऑनलाइन खोलना चाहते हैं उसकी पूरी प्रोसेसिंग यहाँ पर आपको बताई गई है देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जोरदा के चार्जेस भी आपको बताए गए हैं हमें क्या करना है हमारे जो यूज़र आई वो हम भूल गए तो हमें वो यूज़र आई किस तरह से मिल सकता है वो हमें यहाँ पर जानना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे ऊपर देखिए सर्च वाला आईकन है हम यहाँ पर डालेंगे यूजर आई देखिए फ्रेंड्स यूजर आई डालने के बाद हमारे सामने यूजर आई डी टू तो लॉग इन इन टू तो जरो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हमें उस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद देखिये हमारे सामने नीचे कुछ डिटेल्स आ गई है देखे हम इसे हिंदी में पढ़ना चाहते थे यहाँ पर देखिए हिंदी में पढ़े लिखा है हम उस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद देखें फ्रेंड्स आपको इसको के दिखाता हूँ इसमें आपको पूरी जानकारी बताई गई है कि आप किस तरह से आपकी जो यूजर आई डी है पढ़ता हूँ एक बार झरोदा के प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करने के लिए मेरी यूजर आई डी क्या होगी आपकी यूजर आई डी छह अंकों की अल्फान्यूमेरिक आई डी है इस आईडी का उपयोग जोरोदा के प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करने के लिए किया जा सकता है हमारे साथ अपने अकाउंट खोलने के समय आपने रजिस्टर ईमेल एड्रेस पर यूज़र आईडी भेजा जाएगा यदि आप अपनी यूज़र आईडी भूल जाते हैं तो आप हमारे सपोर्ट डेस्क पर कॉल कर सकते हैं कभी भी सुबह साढ़ेे आठ बजे से शाम साढ़े चार बजे के बीच वर्किंग डेज वैकल्पिक रूप से आप हमारे सपोर्ट पोर्टल पर भी टिकट बन सकते हो आपको अपने पैन और जन्म तिथि की पुष्टि करनी होगी और हमारे सहायता प्रतिनिधि यूजर आईडी के साथ आपकी सहायता करेंगे देखें फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपकी जो यूज़र आई भूल जाते हो भूल जाने के बाद आपको उनको कस्टमर केयर से आप बात करके यूज़र आई आप अपनी वापस ला सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े चार बजे के बीच आपको उनको कॉल करना पड़ेगा ताकि जो उनका वर्किंग डे होता है वो साढ़े बजे से साढ़े बजे तक ही होता है आपको वहां पर आपकी पैन कार्ड की पूरी डिटेल्स और आपकी जो डेटा ऑफ बर्थ है वो उनको बतानी पड़ेगी उसके बाद वो आपको आपकी यूज़र आईडी वो आपको बता देंगे देखिए फ्रेंड्स इसके अलावा आपको और दूसरी कौन सी भी ऐसी प्रोसेस नहीं है जिससे आप आपका जो यूज़र आईडी और जरूरत से ले सकते हैं बस आपको यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो उन्होंने यहाँ पर दिया है ख फ्रेंड्स आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चले होगा किस तरह से आप अपने यूजर आई फिर से जोरदा से ले सकते हो देखिए फ्रेंड्स आपको यूजर आईडी पता चलने के बाद आप जब जरोग लॉगिन करोगे तब आपको एक पासवर्ड और छह डिजिट का एमपीएन करेंगे जरोग इन करने से पहले ये वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि आप एकदम आसान और सिंपल तरीके से जरोदा पे लॉगिन इन हो जाएंगे इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर दिया हुआ है ये आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक देख सकते हो मैंने उसका फुल वीडियो बनाया हुआ है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को को जरूर लाइक कर दीजिए। साथ में आपने अभी तक तो मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे देंगे लाल बटन को दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाए ताकि मेरी ऐसी नई नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे धन्यवाद फ्रेंड्स